हेलो दोस्तों वो दो, तो देखते हैं कौन सा आईफोन ज्यादा पर वो तो है मैंने आईफोन फोन थ्री को जवाडो लेकिन नीचे दबाया तो टू हंड्रेड सिक्सटीन के बाद वो पूरी तरह से डैमेज हो गया फिर मैंने आईफोन फोन सिक्स को लिया तो वो काफी ज्यादा मजबूत नजर आ रहा था और वो टूटी नहीं जाता और मैं देखता गया देखता गया वो टूटी नहीं रहा है मगर उससे पहले अगर आप भी अपनी माँ से सच्चा पैठ करते हो तो, तो वीडियो को लाइक करके कमटे माई लव यू नाम लिख के और चैनल को तो सब्सक्राइब कर देना और देखिए आज का विजेता है आई